पूछा फलक तक चल साथ में फलक तक चल साथ चल ये बात जहा दिन की बाहू में रातों के सांटे चलबो चौहारे ढूँढे जिम्मे चाह सच कर दे सपनों को सभी पहार फलक तक चल साथ में फलक तक चल साथ चल जिसके आने Oh, ya चलो चलो बो करो तुझे मुझ सुन रहा है तुझे मुझ सुन है तुझ पर मर